कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने करीब 150 लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई सबलगढ़ मुरैना से आए लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है सदस्यता लेने वालों में पूर्व जिला पंचायत सदस्य जनपद सदस्य और वर्तमान सरपंच शामिल हैं सबलगढ़ मुरैना से बड़ी संख्या में आए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भोपाल में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली ये सदस्यता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर ली गई कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर करीब डेढ़ लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है पूर्व सीएम ने इन लोगों को सदस्यता ग्रहण कराते हुए सबको बधाई दी सदस्ता लेने वालों में पूर्व जिला पंचायत सदस्य जनपद सदस्य पूर्व और वर्तमान सरपंच शामिल हैं सदस्यता लेने वालों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर उन्होंने सदस्यता ली है आप देख रहे हैं। दखल न्यूज